नी फोटो दखनेज लुका किसी मैं रखे आखा दे सामने खड़ा जाने जावा तेनू जावासरारे तू तो न ही था मर जामा में छिड़ते रुका के रखे